बैंक कार्ड का तो भारत में अनिवार्य दस्तावेज तो है पैन और आधार दो ऐसे अहम डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते बैंक में एक छोटा सा खाता खोलने से लेकर बड़े से बड़ा कारोबार खड़ा करने के लिए इन दो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जी इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती तो पड़ती ही है मरने के बाद ही इनका इससे जुड़ी फॉर्मेलिटी बहुत ज़रूरी है आपने कभी सोचा है कि किसी की मृत्यु के बाद पैन और आधार कार्ड का क्या होता है? आइया को बताते हैं कि किसी के मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट के साथ करना पैसा पैन कार्ड के बारे में जानते हैं बैंक अकाउंट डिमेट अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसलिए इस तरह के सभी अकाउंट जहाँ कार्ड की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है तब तक संभाल कर रखना चाहिए जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते जैसे अगर आई आगर टी करते समय टाइम कार्ड को रखना चाहिए जब तक इनकम टैक्स रिटर्न बाकी समय से लेकर आईटी डिपार्टमेंट की प्रक्रिया पूरी न हो जाए याद रहे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यह अधिकार होता है कि वह चार साल के असेसमेंट को दोबारा खोज सकता है ऐसे में अगर निर्तक को कोई भी कैसे रिफंड बताया है तो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि वो उसके खाते में क्रेडिट हो गया हो यानी खाते में रिफंड आ गया हो एक बार एक बार खाता को बंद करने आयकर रिटर्न वगैरह से जुड़े मामले निपट जाए तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी मृतक व्यक्ति के पैन को आयकर विभाग को सौंप सकते हैं सरेंडर करने के लिए पहले मृतक के सभी खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा चाहिए और बंद करा देना चाहिए पैन को सरेंडर करने के लिए मृतक के प्रतिनिधि या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उस ऑफिसर को एक अप्लीकेशन लिखना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में पैन कार्ड रजिस्टर है एप्लिकेशन में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि पैन कार्ड क्यों सरेंडर किया जा रहा है उसमें नाम पैन नंबर मृतक की जन्म तिथि और मृतक की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी अटैच होनी चाहिए हालाँकि मृतक के पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है अगर आपको ये लगता है की भविष्य में आपको कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है हम जानते हैं मृतक के बाद आधार कार्ड का क्या करें आधार कार्ड एक पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर जरूरी डॉक्यूमेंट है जैसे एलपीजी पी जी गैस सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स और दूसरी तमाम सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है आधार एक यूनिक नंबर होता है इसलिए मृत के बाद ये नंबर मौजूद रहता है किसी और को नहीं दिया जा सकता मृत्यु के बाद आधार का क्या होता है क्या उसे नष्ट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है इस सवाल के जवाब में सरकार ने खुद संसद में बताया कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यानी फिलहाल किसी व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल करने की कोशिश व्यवस्था नहीं है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम नाइनटीन में संदोष संशोधन के मसौदे पर UTII से सुझाव मांगे थे ताकि मृत प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक का आधार लिंक किया जा सके। वर्तमान में जन और मृत्यु के रजिस्टर, जन और मृत्यु के आकड़ों या संरक्षक है आधार को डीएक्टिवेट करने के लिए रजिस्ट्रार ऐसी मृत व्यक्तियों का आधार नंबर लेने का कोई अभी कोई अभी कोई मैकेनिज्म मैकेनिज्म नहीं है लेकिन एक इन के आधार करने का और होने के बार तो संस्थानों के बाद शुरू कर देंगे आधार को करने इसके करने से आधार मालिक के मृत्यु के बाद इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता तो दोस्तों आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। थैंक यू जय हिंद जय भारत